क्या आप लोगों को पता है अमेरिकी सेना लगभग पचानवे हजार कप में चाय पीती है इस कप की खासियत यह है कि इसमें ठंडी चाय डालने पर भी कप गर्म कर देता है